असलकम दोस्तों आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि आप अपने गूगल पे का यू पी आई आई डी और साथ में उसका क्यू आर कोड कैसे निकालें क्योंकि बहुत जगह हम लोगों को इन दोनों का ज़रूरत होता है और हम लोग निकाल नहीं पाते हैं सबसे पहले आपको अपने गूगल पे को ओपन कर लेना है देन आपको ये पासवर्ड डाल देना है देख सकते हो गूगल पे का लोगो कुछ इस प्रकार का है तो सबसे पहले आपको गूगल पे का यू पी निकालने के लिए आपको अपना लोगो पर क्लिक करना है ऊपर राइट कॉर्नर में देख सकते हो अपना लोगो धन आप यहाँ पर और एक जगह देख सकते हो अपना नाम के नीचे ही जो ऐट द रेट ओ के एच डी एफ सी बैंक लिखा हुआ वो मेरा यू पी है पूरा उसी प्रकार आपका भी वही पर यू पी है बताना चाहता हूँ दोस्तों हर एक का Google पे का यू पी अलग अलग हो सकता है मेरा यू पी निकालने के लिए आपको अपना लोगो पर क्लिक करना है धन देख सकते हो आप अपना इस्पोर्ट कोड आप इसको स्कैन करवा के आप अपने दोस्त से पेमेंट रिसीव कर सकते हो और अपना क्यूआर कोड निकालने के लिए आपको राइट की ओर स्लाइड करना लेफ़्ट की ओर स्लाइड करना है देख सकते हो यहाँ पर आपका अपना गूगल पे का यू पी और साथ में उसका क्यूआर कोड शो हो गया है यहाँ पर देख सकते हो क्यूआर कोड के नीचे अपना यू पी है आप यहाँ से यू पी को सेलेक्ट करके कापी भी कर सकते हो साथ में आप अपना दोस्त को भी शेयर कर सकते हो तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए धन्यवाद